तो भाई थारा भाई, थारा भाई जी लौड़ा so, रुको जरा करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ। क्या बोलते घंटा गाली देते ते -ते ते ते तेरा क्या जाता है उहु, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौटना यहाँ नहीं रुको तुम भी गाली तुमने कौन सी गाली भाई बंटे को क्या बोलता अरे गाली दे रहा है लेप गा रहा पता नहीं बोले अगर खुद तो उसके गाने में डांस कर रहा था चुथिया सारा रोस्ट करेगा तू बोलता जे अपनी वीडियो बना रही रील्स बनाकर खुद आगे बढ़ रहा है भाई क्या बना सुना रहे छोटे छोटे कपड़े लिप दिखाऊंगा एक देखो नदमा अजीब बादाम खिला रहे हैं नो सबको इस वीडियो में कपड़े की कमी हो गई इसलिए वीडियो थोड़ी इस टाइप की दिख रही है समझ जाओ फिर इस टाइप की वीडियो कैसी दिख रही है भाई लाइक करो कौन से कपड़े इसमें कम हो गए कौन से ज्यादा हो गए और कमेंट करके बताओ क्या बोलते थरा भाई जो इनको आगे नहीं बढ़ने देता है ऐसे आगे बढ़ेंगे इन ऐसे समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो हमको बता दे आगे बढ़ने दो बनाने दो ऐसे रीज कौन बनाता है भाई अभी मजा आएगा ना